तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नई नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो आज दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एच की तरफ से हरियाणा फीमेल कांस्टेबल के लिए बड़ा नोटिस है एक इंफॉर्मेशन है दो नोटिस है जो, जो डिक्लेयर कर दिया गया है और एक अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आपसे अभी तक पहुंचते रहते हैं तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ा नोटिस है जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल कॉन्स्टेबल दुर्गा तो दुर्गा वाली फीमेल कॉन्स्टेबल वाली लड़कियों के लिए गुड न्यूज़ है जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है चार बीस बीस और कैटेगरी नंबर थ्री पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जो है जो कि है डिक्लेयर कर दिया गया है और यहां पर नोटिस क्या है देख लेते हैं वह इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट वेटिंग कैंडिडेट शेल रिपोर्ट फॉर दी ज्वाइनिंग एंड बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन दो ठीक है दोस्तों तो जितनी भी लड़कियां हैं वेटिंग वेटिंग वाली कैंड कैंडिडेट वाली लड़कियां उनको उनका बायोमेट्रिक होना है दोस्तों सौ दो पाँच बाईस को और सुबह नौ बजे ऐट वचेर स्टेडियम मधुबन करनाल मतलब कि मधुबन करनाल के अंदर ये हमारे घर के पास ही है ठीक है दोस्तों तो यहां पर उन्हीं वेटिंग वाली लड़कियों को आना है जिनका नाम गर्ल्स का वेटिंग में था उनको यहां पर पहुंचना है और अपना डी करवाना है अलॉन्ग विद ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर लेकर आने हैं ठीक है दोस्तों तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको भी सिलेक्शन यहां पर दिया गया है और उनका फाइनल यहां पर जॉइनिंग उनको यहां पर मिलने वाली है क्योंकि और क्योंकि दुर्गावन वाली कैंडिडेट लड़कियों के लिए इतने टाइम से जो रिज़ल्ट जो है वेटिंग में पड़ा हुआ था अब जाके जो कि रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है ठीक है दोस्तों तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो कि आपसे अभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी तो एच हरियाणा के अंदर फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए ये गुड न्यूज़ है ठीक है जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरा था या एग्ज़ाम दिया था उनके लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पर ठीक है दोस्तों तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपसे अभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएँ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को